क्यों कर दिए व्हाट्सएप ने 20 लाख 70 हजार अकाउंट ब्लॉक अगर आप भी बिना रुकावट के व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो सस्पेंशन का रीजन जान लो आपका अकाउंट अकाउंटरी हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है अगर आपने का उल्लंघन किया तो व्हाट्सएप का अनऑफिशियल वर्जन यूज करना मतलब गूगल को डाउनलोड कर यूज करना बेमतलब जाति व संप्रदाय किसी भी तरह की किसी कम्युनिटी को ठेस पहुँचाने वाली वीडियो फोटो शेयर करना किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज को शेयर नहीं करना वरना आपका अकाउंट पूरी तरह ऐसी ब्लॉक हो सकता है इन पर न सिर्फ आपका अकाउंट ब्लॉक होगा आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है थैंक्स फॉर वॉचिंग